तो गुड मॉर्निंग गाइड्स कैसे हैं आप हाँ सभी लोग वेलकम बैक टू तो द गेम प्ले वीडियो तो गाइड्स आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर जो हमने अगले बार फ्री फायर खेला था उसमें हमने सीआर रैंक खेली थी और सीआर रैंक में हमने काफ़ी आसानी से हमने विक्ट्री की थी और गेम जीत गए थे अब हम चालू फाइनली हमारा ये गेम चालू हो चुका है और हम वन बाई वन खेलने जा रहे हैं हों ये गेम भी चालू हो गए चलो ये एक बार शॉट गन लेते हैं एक बार तो वैसे चलो चालू करते थे फाइनली अरे भाई इसको दिखता नहीं है क्या हम इधर खड़े हो रहे हैं ले भाई इसको मारना क्या कर क्या रहा देखा नहीं है क्या देख इधर अभी इधर देख अबे दुबड़े हाँ बस सही किया देख कर ले भाई तू कितने कवर रखेगा कितने कवर डालेगा आखिर कर तो तेरे को मरना तो है भाई और कितना बचेगा लिना बचेगा ये बस शांति मन में आपको शांति पड़ गई एक क्ल लेकर आपको मन में शांति पड़ गई अब ये राउंड टू चालू हो चुका है चलो अब हम कौन सी गन लेंगे दो सेकेंड हमारे पहले से थी वही हाँ एम पी से मारेंगे इस बार तो दो सेकेंड ये वन टू थ्री फोर क्ल खत्म भाई विक्ट्री क्या खेल है टू चलो राउंड थ्री राउंड थ्री में देखते वो कौन सी लेगा भाई कौन सी एम सिक्स सेवन एम वन सिक्स और ये प्रो है बंदा उसने गन ए सी ली कुछ मत ले भाई वो खड़ा उसको तो मारना तो पड़ेगा भाई ले ले ले ले अरे बच गया इस बार तो चलो सामने से जाके मारेंगे क्या करें हमारे पास वही रास्ता है दूसरा कुछ नहीं भाई कितने कवर डालेगा चलो इसको तो पीछे से जाके मारेंगे बीच में जा बीच में चारों ओर से उसने ढक लिया है खुद को अरे भाई मरना है तेरे को मर जाना क्यों ना ढक कर रहा है इतना ले इमोट मारता हूँ बस इमोट इमोट छोड़ देते तेरे को तू ऐसे नहीं मारेगा दो तो सेकंड ले हो गया अखिल शांति कलेज में उसको शांति पड़ गई भाई क्या करे ऐसे तो बात मानता है नहीं राउंड फोर अरे भाई क्या होगा तेरा इस दुनिया में तेरा क्या होगा हमारा तो ये हो रहा है चलो राउंड फोर ये तीन किल्ड हो किल तो गई इसमें भी फोर किल होगी लगभग मेरे को पता है यार हम हम तो हम हम जैसा कौन है अरे भाई देख तू तेरे को क्या लगे मैं पीछे से आऊँगा यूँ अरे तेरे को मैं आगे से मारूंगा बस पीछे से मारने वाला काम नहीं करते हम आगे मारने वाला काम करते हो ठीक है देख अरे बात ले तेरे को एक हेड शोट ही दे देता तेरे तो को शांति मिलेगी यार मन में ओके मिलेगी शांति करती बेचती थी तो ये राउंड फोर और फाइव लास्ट मैच है हाँ बस उसको एक बार गन लेने दोपहर ना ये चलो यही गन लेते हैं हम इसको बहुत सारी एम फुल कर देते हैं तो मन जा रहा है एम ओ फूल देखे आखिर मरना तो उसको ही इस बार तो हेड देंगे फिर उसकी बेज्जती इतनी करवा देते इस बार तो हेड शोटेगी बेज्जती करेगी खड़ा है देखो नाटक देखो भैया के नाटक नाटक मस्त है खड़े चुपचाप चाप इसे महामूर्ति नहीं खड़ी हो ऐसे हम घूम के मारेंगे तो फाइनली हम ये मैच जीत तो नहीं के पर जीतने वाले हैं तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए skip it jee hum let's skip it jee my favorite part is to do it forever is the strangest thing it's shorter than you think